दोस्तों चीन में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है भारत सरकार ने चीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है वैसे तो चीन सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है लेकिन इस बीच भारत ने मानवता का फर्ज निभाते हुए चाइना के लिए एक बड़ी मदद का ऐलान किया है इंडिया चाइना की किस तरह हेल्प करेगा इसके बारे में हम वीडियो के आगे में जानेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कोरोना के फोर्थ वेव के बारे में क्यूँकी दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है ऐसे में बढ़ते मामलों को देख नई गाइडलाइन और पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई है भारत ने भी बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं भारत ने सबसे पहले दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है भारत के द्वारा जारी गाइडलाइन में यात्रियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाने की सलाह दी गयी है इंडियन गवर्नमेंट का कहना है की आप जिस किसी भी देश में यात्रा करने ऐसी पहले वैक्सीन जरूर लगा ले विमानों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी लेकर मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विमान एयरपोर्ट पर अगर किसी यात्री में कोरोना के कुछ हल्के लक्षण भी देखने को मिलते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा फ्लाइट में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की समय पहले की ही तरह थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जाएगी इतना ही नहीं अब एयरपोर्ट आरोप स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी फ्लाइट में कुल पैसेंजर्स में ऐसी दो तिहाई लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी ऐसे पैसेंजर्स की जानकारी एयरलाइन कंपनी को देना होगा सैंपल लेने के बाद यात्री को जाने दिया जाएगा। अगर टेस्टिंग के बाद किसी भी यात्रियों का सैंपल पॉजिटिव आता है तो उसका सैंपल तुरंत ही जीरोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा आपको बता दें कि बाईस दिसंबर को कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की थी जिस पर बढ़ते मामलों पर भारत की रणनीति पर विचार किया गया था जानकारी के मुताबिक अभी को ऑब्जर्वेशन आरोप रखा गया है और अगर मामले बढ़ते हैं तो जरूर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है बात करें चीन की तो कोरोना की वजह ऐसी चीन की हालत इतने खराब है की वहाँ दवाइयों और मेडिकल ऐसी जुड़ी चीजों में भारी कमी हो गई है ऐसे में भारत ने चीन को दवाइयाँ भेजने का ऐलान किया है दुनिया की सबसे बड़ी दवाई निर्माता कंपनियों में से एक ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन का कहना है कि वो चीन की मदद करने को तैयार हैं। चीन में ओमीक्रोन के सब वेरिएंट बी एफ सेवन के नए मामले धड़धर सामने आ रहे हैं जिससे अस्पतालों में जगह की कमी हो रही है चीन में ऐसे हालात जीरो कोविड पॉलिसी के हटने के तुरंत बाद देखने को मिल रहे हैं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद पाक्षी ने कहा की हम चीन कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमने हमेशा संकट में गिरे अन्य देशों की मदद की है उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सी चीन की मदद करने के लिए तैयार है एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस वक्त चीन में बुखार से जुड़ी दवाइयों और एंटीबायोटिक दवाइयों में भारी किल्लत हो गयी है चीन में लोगों ने भारी स्टॉक में दवाइयों को खरीदना शुरू कर दिया है जिसे देखते हुए दवाइयों का स्टॉक खत्म हो रहा है ऐसे में चीन में दवा दुकानों ने दवाई को खरीदने आरोप लिमिट तय कर दी है चीन में दवाइयों की किल्लत देखते हुए स्थानीय लोगों के दवा खरीदने की एक लिमिट बनाई गई है चीन में अपने यहाँ दवाइया कंपनियों को दवाइयों का उत्पादक बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दुनिया में चिंता चीन की मौजूदा नीति को भी लेकर बढ़ रही है चीन ने एक बार फिर पहले की तरह कोरोना से जुड़े जानकारियों और आंकड़ों को छुपाना शुरू कर दिया है इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है की इस वक्त चीन जो भी अनुभव कर रहा है उससे रिलेटेड जानकारियाँ और डाटा दुनिया के सामने साझा करे उन्होंने ये भी कहा की सभी देशों को अपने यहाँ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डब्ल्यू का कहना है कि चीन में वैक्सीनेशन दर कम होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग इसके चपेट में आ रहे हैं हालांकि ये भारत के लिए खुशखबरी है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करे मेरे चैनल कबीर टॉक को